माइक्रो इकनॉमिक पॉलिसीस नाउलेट्स डिसकस के इकनॉमिक्स uh, में माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है माइक्रो इकनॉमिक्स क्या होती है उसमें डिफरेंस क्या होता है माइक्रो इकनॉमिक्स इज कंसर्न विद द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ़ इंडिविजुअल फर्म्स एंड कस्टमर्स और हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स को हम टू टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं एक माइक्रो इकनॉमिक्स होती है दूसरी माइक्रो इकनॉमिक्स होती है माइक्रो इकनॉमिक जो होती individual section of the economy ko study karti hai such as the income of the individual the consumption of the individual the savings of the individual while the macroeconomics hoti hai macroeconomics is concerned with the economy at large and with the behavior of large aggregate such as national income the money supply and the level of employment jab hum macroeconomics ki baat karte hain to macro ka word says that large so large means मैक्रो मीनस लार्ज और लार्ज का मतलब है हम एग्रीट बेसिस के ऊपर इकोनॉमी को स्टडी करते हैं और यहां हम ये बात नहीं करते कि जी इंडिविजुअल की डिमांड क्या है सप्लाई क्या है अगर हम डिमांड की बात करेंगे तो हम कहेंगे जी एग्रीगेट डिमांड कितनी है सप्लाई की बात करेंगे तो पूरी इकोनॉमी की सप्लाई की बात करेंगे इनकम की बात करेंगे तो पूरे कंट्री के लोगों की इनकम की बात करेंगे और कहेंगे कि नेशनल इनकम कितनी है कंजम्पन की बात करेंगे तो कहेंगे टोटल लोगों की कंजम्पशन कितनी है प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो कहेंगे टोटल इकोनॉमी में प्रोडक्शन लेवल कितना है पॉलिसी ऑब्जेक्टिव यानी कि जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी हम uh, बनाना चाहते हैं उसको पीछे हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है कंट्री के ऑब्जेक्टिव क्या है फिर उन ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए आप टारगेट सेट करते हैं कि जी आपको ये टारगेट मीट करना है और उसके बाद उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज डिजाइन करती हैं तो ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जाएंगे टारगेट सेट किए जाएंगे और फिर टूल्स के जरिए यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसीज के, के जरिए उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश की जाएगी नाउ देर आर फ्यू ऑब्जेक्टिव ऑफ़ गवर्नमेंट रिगार्डिंग द इकोमिकबजेक्टिव यू कैन से दैट फॉलोइंग आर द इकनॉमिक ऑब्जेक्टिव इन जर्नल वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी गवर्नमेंट इज टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ another objective might be to control inflation in an economy balance of payment stability and full employment level now let's discuss one by one what is economic growth jab hum economic growth ki baat karte hain to hum ye kehte hain ki overall country mein the level of income national income the level of income either the level of income is decreasing or increasing सो प्रोडक्टिविटी इकोनमी में अगर इनक्रीज़ हो रही है तो हम ये कहेंगे कि जिन लोगों की वेलफेयर बढ़ेगी डिवेलपमेंट होगी और मुल्क के अंदर रिसोर्स बढ़ेंगे और ये इकनॉमिक ग्रोथ के लिए हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं और ये देखते हैं कि हमारे टारगेट्स क्या हैं फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ाइव परसेंट ग्रोथ टारगेट है हमारा कि हमें इस साल फाइव परसेंट की ग्रोथ अचीव करनी है तो हमें देखना है कि हमारे टोटल रिसोर्स जो हैं क्या हम वो फुली यूटिलाइज कर रहे हैं और हमारे यहाँ कंजम्शन का पैटर्न क्या है डिमांड का पैटर्न क्या है जिन मुल्कों की इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होती है ये इस बात का इंडिकेटर होता है कि वो सक्सेसफुल कंट्रीज हैं और वो इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस कंट्रीज हैं एज फार एज इन्फ्लेशन इज कंसर्न इन्फ्लेशन होता है जर्नल इंक्रीज इन प्राइस लेवल एंड जर्नल इंक्रीज इन प्राइस लेवल अगर एक हद से बढ़ जाए सो दैट इज नॉट गुड फॉर द इकॉनमी क्योंकि प्राइसिस बढ़ने से इकॉनॉमी में अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है प्राइसिस बढ़ने से लोगों की परचेजिंग पावर अफेक्ट होती है कंजम्पशन पर अफेक्ट पड़ता है तो दिस इज नॉट गुड फॉर द इकॉनॉमी इन्फ्लेशन की अगर हम टाइप डिस्कस करना चाहें तो वन ऑफ द टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड अनदर टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन रीजन या कॉजेज होते हैं इन्फ्लेशन के प्राइसिस बढ़ने का एक रीजन होता है कि डिमांड बढ़ती जा रही है इकॉनमी के अंदर एंड वन ऑफ द रीजन माइंड भी दैट कि कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ते जा रहे हैं जैसे लैंड की कॉस्ट लेबर की कॉस्ट और जो भी रिसोर्स है उनकी कॉस्ट अगर बढ़ती है तो इन्फ्लेशन होती है सिमिलरली अगर डिमांड प्रोडक्ट्स की बढ़ती है तो इन्फ्लेशन क्रिएट होना शुरू हो जाती है एज इन्फ्लेशन इज हार्मफुल तो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आपको इन्फ्लेशन को एक साइजेबल लेवल तक रोककर कर रखना है अब ये जो इन्फ्लेशन है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इट गोज साइड बाई साइड फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आपका ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ का तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अंडर बात है कि इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करने के लिए डिमांड इंक्रीज होनी चाहिए और जब डिमांड इंक्रीज होगी तो इन्फ्लेशन भी साथ साथ बढ़ेगी लेकिन हम साथ साथ दोनों ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते अगर हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना है तो हमें इन्फ्लेशन पे फॉर द टाइम बीइंग कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा लेकिन अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई है देन वी हैव टू कर इन्फ्लेशन एज ए रिजल्ट क्या होगा इकनॉमिक ग्रोथ भी स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगी तीसरा ऑब्जेक्टिव माइंड भी टू अचीव अ बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी इसका मतलब यह है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन अगर डेफिसिट में जा रहा है तो उसको बैलेंस करना बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर एक कंट्री का डेफिसिट के अंदर है तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी इम्पोर्ट ज्यादा है और उसकी एक्सपोर्ट्स कम है और इम्पोर्ट ज्यादा होने की वजह से इम्पोर्टेड इंफ्लेशन भी क्रिएट हो सकती है एक्सचेंज रेट के ऊपर भी नेगेटिव अफेक्ट पड़ सकता है एज फार एज दी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज कंसर्न तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आपकी इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सिस हैं एम्प्लॉयल रिसोर्सेज हैं आर फुली यूटिलाइज्ड। यानी इकोनॉमी जो है अपने फुल पोटेंशियल पे काम कर रही है और एज अ रिजल्ट आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो होगा वो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो रिड्यूस हो जाएगा और लोगों का वेलफेयर बढ़ेगा लोगों को जॉब्स मिलेगी उनके पॉकेट में पैसा आएगा डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी अब इन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट डिफरेंट तरह की पॉलिसीज बनाती है ट्रेड पॉलिसी सो मॉनीटरी पॉलिसी हो सकती है फिजिकल पॉलिसी हो सकती है एक्सचेंज रेट पॉलिसी हो सकती है एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी हो सकती है मॉनिटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक बनाता है और मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो क्वार्टरली डिसाइड की जाती है। फिजिकल पॉलिसी फेडरल गवर्नमेंट बनाती है और हर साल जो बजट अनाउंस किया जाता है उसके अंदर फिजिकल पॉलिसी को डिस्कस किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी डील्स विद मेनली टू थिंग्स वन इज द मनी सप्लाई पोजिशन इन दानमी एंड अदर इज द इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी while fiscal policy deals with taxation the government ka tax rates kya hai aur government expenditure government economy mein khud se kitna expenditure kar rahi to isi tarah se agar hum baat kare to monetary policy mein the monetary policy aims to influence monetary variables such as the rate of interest and the money supply in order to achieve targets set for employment inflation economic growth and the balance of payments तो हम अपने ऑब्जेक्टिव एक सुटेबल मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए अचीव कर सकते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी माइट बी एन एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी एंड इट माइट बी अ कंजर्वेटिव मॉनेटरी पॉलिसी अगर हम एक एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी चला रहे हैं तो उसमें यह होगा कि हमारे इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट हाई रखे जाएंगे और इंटरेस्ट रेट हाई रखने का एक ऑब्जेक्टिव होता है टू कंट्रोल डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अगर इकोनॉमी में डिमांड पुल इन्फ्लेशन है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ऐसा लगता है या सेंट्रल बैंक को ऐसा लगता है कि जी डिमांड बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन हुई है नाउ देव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर या तो इंटरेस्ट रेट को चेंज करें या मनी सप्लाई को चेंज करें तो एक टूलिंग के पास ये हो सकता है कि वो हायर इंटरेस्ट रेट लगा दें दूसरा तरीका यह हो सकता है कि वो मनी सप्लाई को रिड्यूस करने की कोशिश करें अगर वो मनी सप्लाई को रिड्यूस करेंगे बैंकों के पास पैसा कम होगा डिमांड कम होगी और इन्फ्लेशन से इकोनॉमी बाहर आ जाएगी कंजर्वेटिव मॉनिटरी पॉलिसी इसका उलट करती है लोअर इंटरेस्ट रेट होंगे हाई मनी सप्लाई होगी ताकि लोगों की डिमांड बढ़े और इकोनॉमी में ग्रोथ आए तो अगर हम एग्रेसिव मॉनिटरी पॉलिसी लेके चलते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होगा सो दैट मीनस इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी सिमिलरली एज the एज पॉलिसी पॉलिसीज कंसर्न फिजिकल पॉलिसी मींस डैट गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग और टैक्सेशन को यूज करती है एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करने के लिए अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि रिसेशन हो रहा है और एग्रीगेट डिमांड लो हो रही है तो गवर्नमेंट दो काम कर सकती है या तो गवर्नमेंट टैक्सिस को कम कर दे या गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर साइट को बढ़ा दे उससे क्या होगा इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ फेज में आ जाएगी और डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी दिस इज कॉल्ड कंजर्वेटिव ऑन पॉलिसी ऑपोजिट कर लेंगे तो हमारे लिए जो है वो एग्रेसिव पॉलिसी हो जाएगी जिसके अंदर हम टैक्स रेट बढ़ा देते हैं ताकि डिमांड को कम किया जाए या एक्सपेंडिचर को कट करते हैं ताकि डिमांड को कम किया जाए एक्सचेंज रेट पॉलिसी डील्स विद के आपका जो एक्सचेंज रेट चल रहा है उसको आप कैसे मैनेज करना चाहते हैं या तो आप एक फिक्स रेट सिस्टम के थ्रू चल रहे होंगे या आप एक फ्लोटिंग रेट सिस्टम के थ्रू चल रहे होंगे या तो आपने एक्सचेंज रेट को किसी करेंसी के अगेंस्ट बाउंड कर दिया होगा या आपने डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर छोड़ा हुआ होगा सो सम इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव थ्रू मैनेजमेंट ऑफ द एक्सचेंज रेट बाय द गवर्नमेंट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ अ करेंसी फॉर एग्जाम्पल विल इन्फ्लुस दू के इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड द इंटरेस्ट रेट फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट आ रहा है तो अब हम इसको ओवरकम करने के लिए क्या करेंगे हम इम्पोर्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे और एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे वन ऑफ द थिंग दैट वी कैन डू इज टू डी वैल्यू द करेंसी डी वैल्यूएशन दैट इज एक्सचेंज रेट डेप्रीसी अगर हम अपनी करंसी को डीवैल्यू कर देते हैं डाउन कर देते हैं तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि इम्पोर्ट महंगी हो जाएंगी तो लोग डिस्करेज होंगे इम्पोर्ट करने से और एक्सपोर्ट सस्ती हो जाएगी Foreigners will buy our goods. As As as a result, balance balance of payment situation balance as far as the external trade policy is concerned, it deals with that पॉलिसी हम import export का balance कैसे करें For example, अगर हमें exports को बढ़ाना है तो किस तरह से बढ़ाया जाए कहाँ कहाँ exports में improvement आ सकती है Export segment को कितना benefit देना चाहिए किस तरह नई market uh, attract करनी चाहिए और अगर हम परेशान हैं कि import की वजह से हमारे लिए problem हो रही है तो इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस कैसे लगाई जाए कोटा सिस्टम लगाया जाए इम्पोर्ट ड्यूटीज लगाई जाए ताकि आपकी डोमेस्टिक इकोनोमी को प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट किया जाए फॉरेन कंपटीशन से ताकि बाहर से जो कंपटीशन आ रहा है इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स उसको किल किया जा सके सो फिजिकल पॉलिसी के जरिए हम डिमांड मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं फिजिकल पॉलिसी के जरिए गवर्नमेंट डिमांड मैनेजमेंट इस तरह से कर सकती है Spending more money and financing this expenditure expenditure by borrowing. अगर, for example expenditure tax कम तो आपको बॉरो करना पड़ेगा more in taxes in order to increase public spending पब्लिक diverting income from one part of the economy to the other. तो so, government जो है वो अपनी spending अगर बढ़ाना चाहती है तो उसका तरीका हुआ कि tax rate बढ़ा दिया जाए और अगर वो स्पेंडिंग बढ़ाना चाहती है लेकिन टैक्स नहीं बढ़ाना चाहती तो उसको बोरो करना पड़ेगा और वो बोरो लोकली भी किया जा सकता है और इंटरनेशनली भी किया जा सकता है जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से बोरो किया जाता है